कैसे है आप लोग हाँ, हाँ अब आ, हाँ अब वाई सारा है यो वर्ट्स का कैसे है आप लोग आज आजकल खेलने जा रहे हैं एम इस गेम में हम लोग बहुत मजा आने वाला क्यों बोलू इस इस गेम में अगर कोई इंफोस्टर बनता है तो वो गर्दन से कर या चाकू से मार कर या मार कर उसका खेल खत्म कर सकता है तो वीडियो को शुरू करते हैं ओके गाइस तो हम लोग फाइंड द गेम करते हैं इसमें से कोई भी ले लो चलो इसमें चला जाते अरे यार यू आर हो सजन लोग चले तथी तो चेंज कर लेते ये नहीं ये नहीं ये नहीं चल महायोद्धा का कर लेते स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट करो करो करो ब्रो कर start कर करता तो क्या क्रिय मैथ देखते क्या काम करना ये, ये कचरा चला गया डाउनलोड जल्दी जल्दी ताश खत्म होना चाहिए वरना में तो गया फास्ट फास्ट फास्ट, फास्ट। आज सब लोग तेजी ला काम करेंगे तो ये ओ ओ हलो थप्पा मत कर दे प्लीज़ थप्पा मत करो अरे ये इतना स्लो जा रहा है इतना स्लो इतना और कुछ जरूर जरूर ताश दिखाई दे रहा अरे और तेरे के इस कौवा कहते तो गए क अगर आपके वीडियो अच्छा लगा तो इसका लाइक शेयर कमेंट और तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो लोग मैंने इंस्टाग्राम आई फॉलो नहीं कर मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जल्दी जाइए और मेरा इंस्टाग्राम आई को फॉलो कर दीजिए तब तक के लिए बाय बाय